सीएम योगी ने डेटा सेंटर का किया लोकार्पण आज 1670 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौ का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पहुंच गए हैं उन्होंने यहां डेटा सेंटर का लोकार्पण किया इसके बाद मंगलवार को ग्रेटर नोएडा और यूपी सीडा की 1670 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकतीस अक्टूबर और एक नवंबर को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे इसी के मद्देनजर ग्रेटर नोएडा में निजी ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है वहीं एक नवंबर को इंडिया एक्सपो सेंटर में आयोजित करने वाले वाटर वीक 2022 में एक्सपो मार्ट के आसपास पास बलों की तैनाती रहेगी इसके अलावा जिले में आ रहे बी की सुरक्षा के लिए 1500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे आगरा व मेरठ जोन में पुलिसकर्मी ग्रेटर नोएडा आएंगे डी ग्रेटर नोएडा अभिषेक वर्मा ने बताया की कार्यक्रम स्थल को तीन जोन में बांटा गया है हर जोन में डी स्तर के अधिकारी कमांडर होंगे मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पिछले कई दिनों से प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटे थे मुख्यमंत्री का काफिला जहां से गुजरेगा उन क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य तेजी से कराया जा सकेगा गोल चक्करों को सजाया गया है और लाइटें लगवाई गई हैं वहीं ग्रेनों में करीब 48 करोड़ की एल लाइटें लगवाई गई है बता दें कि एक नवम्बर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया एक्सपो सेंटर एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में वाटर वीक का उद्घाटन करेंगे इंडिया वाटर वीक में 2000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं मंगलवार सुपर राष्ट्रपति के वाटर वीक कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे और दोपहर को ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय के सामने पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे यहां पर सत्रह साल से लंबे चल रही गंगा जल परियोजना शहरवासियों को समर्पित की जाएगी इसके अलावा भी करोड़ों रुपए की लागत की परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा मुख्यमंत्री जिले के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे